नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मिथुन राशि के जातकों के अक्टूबर माह के राशिफल के इस प्रोग्राम में जी हाँ दर्शकों अक्टूबर माह में मिथुन राशि के जातकों के साथ क्या क्या घटनाएं परिघटित होंगी इस माह को कैसे शुभ और प्रभावी बनाएं क्योंकि ये जो माह रहेगा ये दैवीय शक्ति प्राप्त का माह रहेगा दीपावली जैसा पर्व नवरात्र जैसा पर्व अहोई अष्टमी जो है व्रत तो तमाम कुछ चीजें इस माह में हैं कुछ विशिष्ट बनाती है इस माह को तो अंत तक बने रहिएगा दर्शकों दीपावली से रिलेटेड एक हम आपको शुभ प्रयोग भी बताएंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है तमाम दर्शकों के प्रश्न रहते हैं देशी ग्रामे ग्रह युद्ध सेवा या व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्म जन्म राशि न चिंतयित विवाह सर्व मांगल्य यात्रायाचर है जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न ना चिंतित तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जन्म राशि की ही प्रधानता दीजिए उसी से आप लोग देखिए और अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है कमेंट करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस रिप्लाई आप पाएंगे तो दर्शकों 19 और 20 अक्टूबर को यदि आपके भी जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं कोई उपाय अभी तक आपके ऊपर सूट नहीं किए हैं तो एक बार हमसे दिल्ली में ज़रूर मिलिए 19 और 20 अक्टूबर दिल्ली आ रहे हैं अपनी जन्म कुंडली का आप लोग हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं उपाय पा सकते हैं वहीं 2020 का वार्षिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों का हमने डाल दिया अपने चैनल पर प्ले में जा के देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें जा के आप देख सकते हैं उस राशिफल को आप लोग देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दर्शकों अक्टूबर माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर भी एक आइए हम लोग दृष्टि डाल लेते हैं और कोशिश कीजिएगा कि जो भी हम आप लोगों को उपाय जैसे पूर्णिमा का बताते हैं जो डेट इसमें हम बताएंगे वही एक वो रेट रहेगी तो दो अक्टूबर से शुरुआत करते हैं क्योंकि गांधी जी की जयंती भी रहेगी और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती रहेगी तो दो अक्टूबर बुधवार दिन गांधी जयंती शास्त्री जयंती छः अक्टूबर को जो है रविवार दिन रहेगा और महाअष्टमी पूजन रहेगा Uh, कन्या पूजन जानते हैं ना वही रहेगा 7 अक्टूबर सोमवार को दिन रहेगा महान महानवमी का पारण रहेगा 8 uh, अक्टूबर मंगलवार दिन रहेगा और दशहरा का पर्व रहेगा दुर्गा जी का विसर्जन भी इस दिन रहेगा वहीं 9 अक्टूबर को पापा कुंशा नामक एकादशी व्रत है तो जिन लोगों को भी एकादशी व्रत रहना है 9 अक्टूबर को आप लोग रहिए ग्यारह अक्टूबर शुक्रवार दिन रहेगा शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा वहीं तेरह अक्टूबर को फुल मून शरद पूर्णिमा जो भी हमारे दर्शक हैं उन लोगों को भलीभांति पता है इससे लाभ लेते हैं तो आप लोग भाई साहब 13 अक्टूबर को व्रत रहिएगा इस दिन वाल्मीकि जयंती भी है 13 सत्रह अक्टूबर गुरुवार दिन रहेगा और करवा चौथ का व्रत भी रहेगा 21 तारीख को जो है सोमवार दिन इक्कीस अक्टूबर को रहेगा अहोई अष्टलक्ष्मी व्रत रहेगा तो आप लोग इस दिन व्रत रह सकते हैं चौबीस अक्टूबर गुरुवार दिन एकादशी व्रत, 25 अक्टूबर, शुक्रवार, धनतेरस मतलब तो त्योहारों का यह माह रहेगा दोष व्रत, कृष्ण पक्ष का रहेगा, 26 अक्टूबर शनिवार दिन नरक चतुर्दशी रहेगी 27 अक्टूबर रविवार दिन रहेगी और दीपों का पर्व दीपावली और महालक्ष्मी पूजन भी इसी दिन होगा वही 28 अक्टूबर मंडे सोमवार दिन गोवर्धन पूजा रहेगी अमावस्या रहेगी 29 अक्टूबर को जो है 29 अक्टूबर को भैया द्विद रहेगा विश्वकर्मा पूजा रहेगी 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा रहेगी और दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि 29 अक्टूबर को ही विश्वकर्मा जी की जयंती है भगवान विश्वकर्मा जी की तो जिनके पास वाहन इत्यादि है तो उसकी आप लोग पूजा शस्त्रों की पूजा होती है खास करके इस दिन तो आप लोग कर सकते हैं तो ये तो थी दर्शकों व्रत एवं त्यौहार अब चलते हैं ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए चार्ट बनकर के आया है अब इस चार्ट में खास क्या है सबसे पहले ग्रही गोचर व्यवस्था मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसी है तो लग्न में ही राहु देव विराजमान है मिथुन राशि में राहु देव और इनके जस्ट सामने धनु राशि में शनि और केतु एक साथ बैठे हुए हैं सूर्य और मंगल सुख के घर में कन्या राशि में बैठे हुए वही पंचम स्थान तुला राशि उदित हो रही शुक्र का यहाँ लक्ष्मी नारायण योग उदित हो रहा है अष्टम स्थान आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर आठ नंबर लिखा हुआ है ये छठा स्थान है कुंडली का यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ये ग्रही गोचर व्यवस्था चंद्रमा को हमने मानक माना है दर्शकों क्या कुछ रहेगा तो देखिए माह के प्रारंभ में आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है आपके अधिकार क्षेत्र में कोई कमी आ सकती है आपका धन अधिक से अधिक खर्च होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है विभिन्न स्रोतों से जो आपकी आय आती हुई दिखाई दे रही है इसमें कुछ कमी बनी हुई है तो कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति कुछ आपकी निर्बल रहेगी एक से ले करके अक्टूबर के मध्य में परिवार में सुख में न्यूनता रहेगी संतान प्राप्ति के लिए उपचार आदि की आवश्यकता रहेगी मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा की हानि का भी योग दिखाई पड़ रहा है आपका चित्र अर्थात मन बड़ा चंचल होगा बहुत ज्यादा चलायमान होगा एक जगह आप स्थिर नहीं कर पाएंगे काफी कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी प्रशासनिक क्षेत्र की भी यदि हम बात करें तो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी प्रशासनिक अधिकारियों से यात्राओं में दुर्घटनाओं का भय बना रहेगा प्रेमी युगलों के परस्पर संबंधों की मधुरता समाप्त यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है जीवन साथी के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे मनोरंजन में समय ना गवाने के उपरांत भी विभागीय परीक्षाओं में जो है आपको असफलता मिलेगी एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों देखिए राहुल लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न से ही पंचम जो है दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही इसी कारण कुछ संतान के पक्ष की तरफ से आपको जो है असफलताएं देखनी पड़ेगी बुद्ध शुक्र का नो डाउट लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है आपकी संतान आपके कहने में चलेगी कोई कोई एग्जाम्स वगैरह होगा रिजल्ट वगैरह होगा आप उनके कारण जो है फेमस होंगे ठीक है लेकिन राहु पंचम दृष्टि दे रहा है तो यहाँ पर आपकी बुद्धि विवेक में कुछ कमी दिखाएगा आपका सेंस नहीं सेंस ऑफ ह्यूमन नहीं काम करेगा दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कि संतान को लेकर के भी उनको चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है वहीं पर शनि और केतु का देखिए जो है यहाँ पर नौ नंबर में बैठे हुए सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं और मंगल अपनी चौथी दृष्टि दे रहा है तो यहाँ पर दर्शकों द्वंद होगा द्वंद वो है नहीं कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए तो यहाँ पर द्वंद की स्थिति होती हुई दिखाई पड़ रही है और पति-पत्नी के बीच में कलह होगी, वैचारिक मतभेद उभर करके सामने आएंगे आप कहेंगे पूरब पत्नी कहेंगे पश्चिम दोनों लोगों के बीच टकराव होगा यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपकी आर्थिक उन्नति तो होगी लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे जो लोग पठन पाठन अध्ययन अध्यापन में जो है कार्यरत हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा लेखन संगीत अथवा वाद्य कला में ख्याति प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है घर के लिए जो दैनिक उपयोग की सामग्री है भोग विलासता की सामग्री है ये क्रय करते हुए नजर आएंगे कोई वाहन इत्यादि भी आप क्रय कर सकते हैं सूर्यदेव जैसे ही सत्रह तारीख के बाद नीच के हो जाएंगे पंचम स्थान पर आएंगे संतान को पीड़ा होती हुई दिखाई पड़ेगी किसी अनजानी विपत्ति तथा यात्राओं में दुर्घटनाओं से चमत्कारिक रूप से मिथुन राशि के जातकों को बचाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहीं देव गुरु बृहस्पति छठे स्थान पर बैठे हुए हैं जो छठा स्थान होता है ये नाश का होता है आपके शत्रु जो आपके ऊपर हावी होंगे उनका कहीं ना कहीं पतन होगा और यह महीना कुल मिला करके आप लोगों के लिए कुछ विशेष सौगात लेकर भी आया है यदि आप कुछ नया करने की देखिए दर्शकों सोचेंगे तो 17 तारीख के बाद से आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी कोई नई योजना आप बनाते हुए नजर आएंगे और 17 के बाद से जो है यदि कोई रोमांस रोमांटिक जगह पर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं कोई नया प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकता है और यहाँ पर जो संबंध आपके चले आ रहे प्रेम संबंध ब्रेकअप होता हुआ भी दिखाई देगा जैसे ही सूर्य यहाँ पर नीच के होंगे आकर के तो आपका जो है जिससे आप प्यार करते हैं उनके साथ आपकी टकराव भी होगी होती हुई दिखाई दे रही है व्यवसायिक कार्यों में आपका ज्यादा समय यह माह व्यतीत होने वाला है धन लाभ और उन्नति के दरवाजे दर्शकों देखिए कई मामलों में खुलते हुए नजर आएंगे बिकॉज ऑफ मंगल मंगल की जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है एकादश स्थान पर पड़ रही है एकादश स्थान में जब मंगल अपने घर को देखेगा तो वहां पर देखिए दर्शकों वृद्धि करेगा तो धन लाभ दिलाएगा उन्नति के दरवाजे खोलेगा वहीं सत्रह से पंचम भाव का सूर्य शुक्र की एक साथ होने से मिश्रित प्रभाव मिलेंगे आय के साधन बनते रहेंगे संतान या उनके करियर से संबंधित चिंता से कुछ आप परेशान रह सकते हैं धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ खराब आपका हो सकता है एक बात देखिए और दर्शकों हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे यहाँ पर राहु देव जो है नवम जो है दृष्टि से भाग्य के घर को देख रहे हैं तो, के में तो का साथ आपको अच्छा मिलेगा आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगेगा लेकिन उस एलिगेशन से भी आप बाहर आएंगे कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला है उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी देखिये राहु अच्छा भी रहता है राहु बुरा भी रहता है यदि आप राहू को समझ लिए तो राहु आपके लिए कुछ नहीं है राहु पर एक हमने वीडियो बनाया हुआ है काफी बड़ा वीडियो है वो और केतु पर भी आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी जैसे आपके ऊपर एलिगेशन लगने वाला हो आप लोग अपने आप को बचाइए अपना प्रूफ अपने साथ लेकर के चलिए तो कुल मिलाकर के दर्शकों ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए कि ओवरऑल अक्टूबर कैसा रहेगा और दर्शकों एक बात हम और बताना चाहेंगे कि इस माह कोई नई नौकरी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई मिथुन राशि के जातकों को मिल सकती है अब आप कैसे कहेंगे तो देखिए जुपीटर कहाँ पर बैठे हुए छठे पे और छठे से पंचम दृष्टि देखिए कहाँ पड़ी टेंथ हाउस पे अपने घर को देख रहे हैं स्पेशली बारह नंबर मतलब क्या हुआ मीन राशि मीन राशि का स्वामी कौन गुरु गुरु अपनी राशि को देख रहा है गुरु क्या है गुरु ज्ञान है गुरु क्या है गुरु टीचर है अध्ययन अध्यापन बुक्स वगैरह जो आप पढ़ते हैं ये गुरु है तो अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ेगी टीचिंग क्षेत्र से रिलेटेड जॉब मिलेगी बहुत कुछ लेकर के आया है बस आप लोग इसको साध किसी तो आपके लिए जो सबसे लकी कलर रहेगा मिथुन राशि के जात को यह रहेगा ग्रीन इसके बाद पीला रंग आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा ब्राउन कलर हो गया ब्लू कलर हो गया व्हाइट कलर हो गया इतने कलर बता दिए इन कलर का आप प्रयोग करके आसानी से इस माह को अपने अनुकूल बना सकते हैं जो लोग लॉटरी वगैरह शेर सट्टा खेलते हैं तो भाग्यशाली उनके लिए जो नंबर रहेगा तीन और छ नंबर भाग्यशाली रहेगा उनके लिए जो अनुकूल दिशा रहेगी सबसे लकी डायरेक्शन रहेगा ये रहेगी पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन दर्शकों इस माह की कुछ शुभ तिथियां हम आपको बता रहे हैं कोशिश कीजिएगा इन तिथियों में अपने काजों की सिद्धि करिएगा तो दो तारीख चार तारीख नौ तारीख इक्कीस तारीख तेईस तारीख पच्चीस तारीख इकतीस तारीख सर्वथा शुभ रहेगी आंख बंद करके कोई काम कर लीजिएगा वही प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें उपाय अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को तो प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 6 तारीख 11 तारीख 14 तारीख 16 तारीख 17 तारीख 19 तारीख 27 तारीख 29 तारीख ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे इन दिवसों में कोशिश करना है कैलेंडर पर मार्क कर दीजिए और बच के रहिएगा अब उपाय क्यों चलते हैं लेकिन आप लोगों से अपील करते हैं हमारे इस वीडियो को कम से कम लाइक तो कीजिए कम से कम इसको शेयर तो करिए हमारे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब तो करिए बगल में बना बेल आइकन तो आप लोग दबाइए ज्योतिष संबंधी तमाम वीडियो आपको बिना किसी बाधा के मिलती रहेगी हमारा वादा है और कोई फालतू का कंटेंट इस चैनल पर नहीं मिलेगा फालतू की भविष्यवाड़ियाँ नहीं मिलेगी ये हमारा वादा है आपसे चैनल ग्रोथ हो चाहे ना हो इससे हमको कुछ लेना लेना नहीं लेकिन जो चीज़ जेन्यून है वो हम आपको बताएंगे आजकल जो है जोशियों की बात भी आई है और फालतू की भविष्यवाणी ये तबाह होगा वो होगा वो न्यूक्लियर अटैक होगा ये होगा फलाना घमाका कहीं कुछ नहीं रखा है लोग भविष्यवाणी 2024 हज़ार की करे दे रहे हैं अरे पाँच साल में उनके उस वीडियो पर व्यू ज़्यादा आएंगी उनकी रेवेन्यू होगी और वो चीज़ नहीं घटेगी तो माफ़ी मांग लेंगे तो इस तरीके से भविष्यवाड़ी नहीं होती है तो दर्शकों उपाय की ओर आगे बढ़ चलते हैं और उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या रहेगा मंडे वाले दिन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध में आपको इलायची जी हाँ इलायची इलायची को तोड़ लीजिए और डाल करके रुद्राष्टक के पाठ से रुद्राष्टक का पाठ क्या है नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्मावेद स्वरूपम ये जो पाठ है इसको आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए इससे अभिषेक कीजिए और शिव चालीसा का आपको वहीं पर पाठ करना है भगवान भोलेनाथ के सामने दूसरा शनिवार दीपावली के दिन कनक धरा स्त्रोत से कमलगट्टा और शहद से आपको हवन करना रहेगा दीपावली का एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं कि वर्षभल मां लक्ष्मी आपके लॉकर में आपकी तिजोरी में बसे इसके लिए आपको करना क्या रहेगा तो दीपावली के दिन जब दीपावली पूजन होने वाला होगा आपको करना क्या रहेगा एक लाल रंग के वस्त्र में आपको एक स्फटिक का श्रीयंत्र लेना है उस पर थोड़ा सा इत्र लगा दीजिएगा और एक चांदी का सिक्का आपको लेना है सात कमलगट्टा सात कमलगट्टा जिनको हम ग्यारह बताते हो ग्यारह लेंगे लेकिन आप लोग सात ही कमलगट्टे लेंगे दूसरा सात गोमती चक्र नोट कर लीजिए अभी से आप लोग इसको ढूंढ भी लाइए मार्केट से सब पूजा पाठ और पंसारी की दुकान पर मिलेगा सात इलायची थोड़े से केसर इन सभी चीजों को रखिए पोटली में और लाल मौली से लपेट के बांध दीजिए और जहां लक्ष्मी पूजन कराएंगे वहीं पर रख दीजिएगा और पूजन के उपरांत आप उसको तिजोरी में रखिए और प्रतिदिन धूप दीप नैवेद्य दिखा सकते हैं तो दिखाइए बहुत ही अच्छा प्रयोग दर्शकों ये है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करके देखिए माँ लक्ष्मी आपके कोष को जरूर जो है भरेंगी 19 और 20 अक्टूबर को दिल्ली में आ रहे हैं दीपावली से देखिए पहले तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स हमारे साथ शेयर करते हैं आते हैं हमसे मिलते हैं और अपनी कुंडली का पर्सनल जो है विश्लेषण करवाते हैं उनके लिए बहुत से उपाय के पिटारा लेकर के हम आएंगे और दिल्ली में मिलना ना भूलिए उन्नीस और बीस तारीख को कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लीजिएगा दर्शकों इन्हीं बातों के साथ आपको यहीं पर छोड़े जा रहे हैं जाते जाते आप लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां माँ लक्ष्मी आपके कोष को नित्य भर्ती रहें दीजिए इजाज़त मिलती है अपने नए वीडियो में और वार्षिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों का पड़ गया है आप लोग प्लीज़ इसको देख लीजिए तो जाते जाते आप लोगों को नमस्कार साधर धन्यवाद